तो so, अपन अभी टमाटर का छिलका निकालेंगे ब्लैक ब्लैक जो हो गए है और इसे अच्छे से अपन अभी टमाटर का चोखा बनाएंगे भरता तो इसके छिलके निकालेंगे स्किन टमाटर के ऊपर के जो ब्लैक ब्लैक हो गए हैं सो फ्रेंड्स अभी देखो मैश कर रहे हैं नया औजार इसके साथ टमाटर गरम गरम है इसलिए अपन औजार लिए हैं जो मैश कर रहे हैं मैश मतलब बारीक कर रहे हैं चटनी टाइप मसलेंगे उसे फ्रेंड्स बहुत मजा आएगा आपको भी आप भी कोशिश करिए घर पे बनाने का बहुत मजा आएगा देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में इतना मजा आ रहा है तो खाने में कितना टेस्ट आएगा फ्रेंड्स सस्ते में मस्त एकदम लॉकडाउन में और क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स ये सब चीज़ बनाने का टेस्ट करने का है ज़्यादा नहीं देखिए फ्रेंड्स अच्छे तरीके से मैच करना है तो फ्रेंड्स देखिए अपन इसमें ऐड करेंगे बारीक प्याज सरसों का तेल धनिया पत्ता और हरी मिर्ची नमक ये सब मिक्स कर चुके हैं इसमें अब इसे मिक्स करते हैं अपन अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे अभी थोड़ी देर में देखो मिक्स करते अभी टमाटर का भरता और ये भोजपुरी में बोलते हैं चोखा टमाटर का चोखा और हिंदी में बोलते हैं चटनी गांव में बोलते हैं कितना मस्त लग रहा है भरता, ये हमारा स्पेशल भरता राजू रसोई किचन में चैनल पसंद आया फ्रेंड्स आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिए कमेंट्स करिए और शेयर करिए थैंक यू माय फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत